दोस्तों ये कैमरे में रिकॉर्ड कुछ अजीब घटनाएं हैं जो वीडियो फुटेज में नहीं होती तो कोई यकीन नहीं करता दोस्तों ये अजीब क्रेचर रशिया में पाया गया है जिसको बिल्डिंग पे चढ़ते हुए कैप्चर किया करीबी लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि ये रशिया में हुए रेडिएशन टेस्टिंग से बना है जिसके डीएनए में चेंजेस होने के कारण कुछ इस तरह खौफनाक दिखता है ऐसी वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग